तो फ्रेंड्स स्वागत है अपने नए वीडियो पे तो फ्रेंड्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ हमारे कई नए यूट्यूबर्स भाई जो अभी छोटे छोटे चैनल से उनको मैंने कई दिनों से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ तो उनका जो वीडियो एडिटिंग है उसमें जो क्राइम मास्टर से वीडियो एडिट करते हैं तो क्योंकि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जैसे कि ऐसे वो एडिट करते हैं तो उनका ये कोना पे यहाँ पे क्राइम मास्टर लिखा रह जाता है तो फ्रेंड्स हमारा इस तरह से थोड़ा लुक खराब हो जाता है तो फ्रेंड्स इसको कैसे सोल्व करें तो इसी टॉपिक को लेके आज मैं ये वीडियो आ चुका हूँ तो फ्रेंड्स आप भी अगर अपना वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से एडिट करना चाहते हैं तो कई भाई बोलेंगे कि ये प्राइम मेंबरशिप चाहिए उसके लिए तो फ्रेंड्स मैं आपको एकदम आज के लिए फ्री फ्री ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप बिना प्राइम मेंबरशिप लिए क्राइम मास्टर का लोगो गाइब कर सकते हैं तो फ्रेंड्स बन रही है इस वीडियो पर और उस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप क्राइम मास्टर डाउनलोड कीजिए और उसको डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन कीजिए और चला के देखिए अगर क्राइम मास्टर लिखा आता है तो यकीन मानिए फ्रेंड्स मैं भी चला रहा हूं वही ऐप और मैंने भी कोई प्राइम मेंबर नहीं ले रखा क्योंकि मैं भी एक नया यूट्यूबर ही हूँ तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आप बिना प्राइम मेंबरशिप लिए अपना क्राइम मास्टर इंस्टॉल करके उसे चला भी सकते हैं तो फ्रेंड्स मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ तो फ्रेंड्स इंस्टॉल करने के लिए पहले इसको अनइस्टॉल करना पड़ेगा तो फ्रेंड्स में पहले इसको अन इंस्टॉल कर ले रहा हूँ तो फ्रेंड्स मेरा ये अनइस्टॉल हो चुका है तो फ्रेंड्स में इंस्टॉल कर ले कर ले रहा हूँ तो फ्रेंड्स मैं डाउनलोड पे लगा चुका हूँ तो फ्रेंड्स समझा के देखते हैं हमारा डाउनलोड हुआ या नहीं तो फ्रेंड्स हमारे काम मास्टर डाउनलोड हो रहा तो है तो डाउनलोड होने तक रुकते हैं उसके बाद देखते हैं तो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे पी के फाइल डाउनलोड हो चुका है तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं और इंस्टॉल हो रहा है तो फ्रेंड्स हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है और इसको डॉन कर देते हैं और हमारा हम स्क्रीन पे चले जाते हैं और यहाँ पे हमारा काम स्टार्ट आ चुका है और इसको ओपन करते हैं और देखते हैं हमारा क्राइम मास्टर किस प्रकार का आया है तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा क्राइम मास्टर बहुत ही अच्छा कंडीशन का आया है तो फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन से लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं वहीं से लिंक आपको मिल जाएगा तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा क्राइम मिस्टर लिखा हुआ नहीं आ रहा है या तो आप मेरे वीडियो को भी देख सकते हैं वहाँ पर भी यही ट्रिक ए, इसी क्राइम मास्टर से मैंने वीडियो एडिट करके रखा हूँ तो फ्रेंड्स इसके लिए कोई प्राइम मेंबरशिप का जरूरत नहीं है तो फ्रेंड्स इसी तरह के इंफॉर्मेशन वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तो तक के लिए जय हिंद जय भारत थैंक यू फ्रेंड्स